हेलो दोस्तों तो गुड मॉर्निंग तो सुबह का टाइम है तो मैं घर का सारा काम कर ली हूँ बुलने बुलने सुबह झाड़ू जो पोछा होता है वो मैं कर ली हूँ तो तो उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी तो सुबह कभी सात बज चुका है तो चाय में बना लूँगी तो सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के तो चाय बनाती हूँ फर्स्ट तो उसका पहले नहा धोया का पहले एक गिलास में पहले पानी पीती हूँ तो उसका बाद में चाय बनाती हूँ इसमें दूध डालती हूँ तो सुबह का जो मौसम है सबसे हटके रहता है बहुत ही अच्छा लगता है सुबह और जो शाम का जो मौसम रहता है मूड एकदम जो फ्रेश रहता है तो मैं अदरक वाला चाय बना रही हूँ तो मैं बिना अदरक का चाय नहीं बनाती हूँ नहीं घर में अदरक रहता है तो मैं जो हसबेंड है उनको बोलती हूँ तो अदरक लाइए लाइए तभी मैं चाय बनाती हूँ तो आदत पड़ चुका है अदरक वाला चाय पीने का तो मैं इस जगह पर चाय बना रही हूँ तो मैं तो जो है ना तो मैं चाय पी के कम से कम आधा एक घंटा में बैठती हूँ थोड़ा सा मोबाइल भरती हूँ वीडियो देखती हूँ किसी का मैसेज आया रहता है तो मैं वो पढ़ती हूँ कुकिंग चैनल पर जो मैसेज आता है तो इधर में थोड़ा आधा एक घंटा बैठ चुकी हूँ तो मैं जो सुबह का तैयारी है जो खाना मैं बना लूँगी तो देखिए तो जो है मैं तो जो घ्यूरा बोलते हैं हम लोग कितना लोग और जैसा जैसा नाम है हम उसको तो सिर्फ घिवरा ही याद है तो घेरा का सब्ज़ी चावल अच्छा और दाल बना रही हूँ तो मैं इधर खाना बनाती रहती हूँ और बाकी सब काम करती रहती हूँ क्योंकि जो मेरे जो बच्चा लोग है जो वो लोग खेलते रहते हैं तो उन को संभालना पड़ता है तो जो मेरा हस्बैंड है जो 10 बजे काम में जाते हैं तो उससे पहले ही मैं खाना बना लेती हूँ तो इधर मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ का जो है बिस्तरा जो सब कुछ सो के उठा है बिस्तरा वैसे पड़ा हुआ है बच्चे लोग सो, के उठता है तो साथ में चद्दर भी गुटिया लेता है तो मैं ये सब तय कर ले रही हूँ देखिए जो उन लोगों का जो घर में है ना तो पूरा रोशनी जो सुबह सुबह का पूरा धूप घर में आता है अब देख सकते हैं जो एक खिड़की में खिड़की और जो आईना है उस जगह पर पड़ रहा है देख सकते हैं तो मैं झटपट बिछा कर लेती हूँ नहीं तो बच्चे लोग अभी बाहर गए हैं तो बाहर से आ जाएगा तो बच्चे लोग बिछौना भी, भी नहीं कर देगा तो मैं घर में सारा दिन कुछ काम करूँ या नहीं करूँ लेकिन सबसे ज़्यादा जो है काम में करती हूँ सारा दिन बिछाना काम में जो चद्दर है रहती हूँ इधर उधर बच्चा लोग गुटिया देता है तो, तो मैं जो चद्दर है ना चारों चद्दर में एक गिट मार देती हूँ जल्दी लिख लेना तो वो बहुत ही सही होता है आप लोग एक बार करके देखिएगा बहुत ही सही लगेगा इससे नहीं निकलता है चद्दर सही से तो मैं इधर बिछौना में कर रही हूँ सब साफ सुथरा में कर ली हूँ तो आज का जो वीडियो है यहीं तक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर हमें चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज का ब्लॉग यहीं तक था तो बाय बाय